अपनी मेहनत के दम पर बॉलीवुड में बुलंदियों को छूने वाले नवाजुद्दीन सिद्दीकी की निजी जीवन में तूफान आ गया है नवाज की माँ मेहरून सिद्दीकी ने नवाज की पत्नी पर प्रॉपर्टी हड़पने का आरोप लगाकर पुलिस केस दर्ज करवाया है जिसको लेकर पुलिस ने नवाज की पत्नी से थाने में पूछताछ की बॉलीवुड सेलिब्रिटी के निजी जीवन में चल रहे विवाद अक्सर खबरों में आते रहते हैं वही अब खबर आई है बॉलीवुड एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी की निजी जिंदगी से जहाँ नवाज की मां और पत्नी में जमकर बहस हुई जिसकी शिकायत लेकर नवाज की माँ मेहरून पुलिस स्टेशन पहुंची, और उन्होंने बहू आलिया जैनब के खिलाफ रिपोर्ट भी लिखवाई बताया जा रहा है कि दोनों में प्रॉपर्टी को लेकर बहस हुई थी जिसके बाद मामला थाना पहुंचा। पुलिस ने नवाज की पत्नी को बरसोवा थाने में बुलाकर पूछताछ की वही नवाज की पत्नी आलिया ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर अपने खिलाफ हुई एफ पर हैरानी जताई है उन्होंने लिखा जब मैं अपने पति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराती हूं तो पुलिस इस पर ध्यान नहीं देती है जबकि पति के घर में घुसते ही कुछ देर में मेरे खिलाफ एफआईआर कर दी गई क्या मुझे कभी न्याय मिल पाएगा वो खबरें जो आपके काम की है वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है हर आम और खास से जुड़े मसले हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं सत्य का अन्वेषण दखल न्यूज आपके दखल न्यूज